हेलो फ्रेंड्स मैं सचिन फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि एस की यूनो ऐप में आप बेनीफिशरी कैसे ऐड कर सकते हैं आप योनो ऐप में जाएंगे वहां जाने के बाद आप योनो पे पर जाएंगे यहां जाने के बाद फ्रेंड्स आप क्विक ट्रांसफ़र पे जाएंगे यहां पे फ्रेंड दो ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं सेलेक्ट बेनिफिशरी बैंक जिसके बैंक में आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है उसका अकाउंट एसबीआई में है या फिर अदर बैंक में अगर एसबीआई है तो आप एसबीआई को सेलेक्ट करेंगे अदरवाइज़ आप अदर बैंक सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से मैंने अदर बैंक सेलेक्ट कर लिया। अदर बैंक में आपको आईएफएससी कोड देना पड़ेगा इसको आप सेलेक्ट कर लिया यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उसका आपको नेम देना है अकाउंट नंबर देना है एंटर अकाउंट करना है दोबारा से अकाउंट नंबर एंटर करना है यहाँ पे आपको आई सी कोड देना है आई कोड देने के बाद फ्रेंड्स ये दिखा रहे हैं सेंड वन रुपीज़ एज टेस्ट अमाउंट अगर आपको टेस्ट करना है तो आप टेस्ट के लिए यहाँ से वन रुपीज़ अमाउंट को पहले भेज देख सकते हैं कि सही है, अकाउंट में जा रहा है नहीं जा रहा अदरवाइज आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं यहाँ एंटर अमाउंट में डायरेक्ट पेमेंट लिख सकते हैं सपोज़ आपको हंड्रेड ट्रांसफ़र करने हैं ये लिखा आपने और यहाँ सेलेक्ट ए पर्पज़ यहाँ से पर्पज सेलेक्ट कर लेना है कि किस पर्पज़ से सिलेक्ट कर रहे हैं इनमें से कोई पर्पज़ नहीं है आप अदर सेलेक्ट कर लेंगे अदर में आप कुछ भी लिख देंगे ट्रांसफ़र जो भी आपको लिखना है यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब नेक्स्ट पे क्लिक करने, करने के बाद फ्रेंड्स ये आपके सामने पूरी डिटेल शो कर देगा आप किस बैंक अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं कितने रुपये भेज रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास भेज देगा और चार्ज फॉर दिस ट्रांजेक्शन जीरो रुपये मतलब ट्रांजेक्शन का कोई चार्ज नहीं लगेगा फ्रेंड उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे एक ओटीपी आएगा आपको यहाँ ओटीपी एंटर करना होगा ओटीपी एंटर करने के बाद आप इसको यहाँ से सबमिट करेंगे और फ्रेंड्स ये आपका पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है